मुझे लगता है कि मैं आतंकवादी हूँ क्योंकि अमरीशपुरी ने कहा था आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती की बड़ी, की बड़ी। <laughs>